श्री राम नाम बिने चरिया जीने जीनी श्री राम नाम दिन चद का तान काहे की भरनी कोने तारस बिनी कहे किहे की, की भरनी पने तारस बिनी काहू कोस मसद लागे माछ दस लागे पो सियत माछ दस लागे श्री राम नाम बीनी च पिंगला ताना भरणी पिंगला पिंगला ताना भरणी सुखम तारी पिंगला पिंगला ताना भरणी सुखमने तारणी चौदरिया ंगला ताना सुख मने तारस बीन एंगला पिंगला ताना सुख मने तारस बीन साई कोसिय मस्द चला गे साईं को सियत फिल ठोक ठाक च मिना में जस बीने चरी सोचा दरे जो हुई तैयार तो रंग रे जा घर दीनी सो दरे जो हुई तैयार तो रंग रे जा घर दीनी ए ठीक नहीं ठीक नहीं रंगे रंग रे जा ठीक कतनाई रंगे रंग रे जा लाल लाल कर दिन चलिया श्री राम नाम दसबिन च चादर सुर नरमुनि वोढ़े मूर्ख मैली तो चादर सुरे नरमुनि वोढ़े मूर्ख मैली किस कबीरा कबीरा कबीरा दस कबीरा जतने से बोरे दास दास कबीरा जतने से बोरे जो पितनी चरिया श्री राम नाम रतगिनी च